ध्रुव जैसे ही अपनी ट्रेनिंग करके उस कमरे के बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि उस पूरे टावर में फिलहाल भगदड़ मची हुई थी सभी लोग घंटे की आवाज सुनकर अपने अपने ट्रेनिंग रूम से बाहर निकल रहे थे इसके अलावा ध्रुव ने देखा कि ऐसे बहुत से कमरे जो आते वक्त बंद थे अब वो भी सभी खुल गए थे इतना ही नहीं ऐसे कमरों में से स्टूडेंट्स के बहुत से ग्रुप बाहर निकल सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे ध्रुव ने देखा की ऐसे सभी स्टूडेंट्स की आंखों में एक अजीब सी लाल रंग की चमक दिख रही थी इस दौरान ध्रुव थोड़ा झटकने लगा जिसके चलते वो अपने ट्रेनिंग रूम के बाहर ही खड़ा रहा उसके बाद कुछ पल इंतजार करके ध्रुव भी भीड़ में शामिल होते हुए टावर के बीचों बीच जाने की कोशिश करने लगा ध्रुव अच्छी तरह से जानता था कि उसकी ताकत के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन ही पहले लेवल आरोप ट्रेन कर सकता था इसलिए उसे अब आगे के लेवल आरोप जाकर ट्रेनिंग करनी थी ताकि वो अपनी शक्तियाँ तेजी ऐसी बढ़ा सके फिर भीड़ के साथ चलते हुए ध्रुव को लगने लगा की शायद वो अगले लेवल के पास आ गया था इस दौरान ध्रुव काफी तेजी ऐसी लोगों के बीच ऐसी होते हुए आगे बढ़ता रहा और तकरीबन 10 मिनट में उसके सामने की भीड़ बिल्कुल कम हो गई ये देखकर ध्रुव आगे बढ़ता रहा और जैसे ही वो सबसे आगे पहुंचा तो उसने एक चैन की सांस ली। अब उसे और लोगों के बीच से होते हुए आगे नहीं बढ़ना था उसके बाद ध्रुव अपनी नजरें घुमाते हुए सुरंग को ढूंढने लगा जिससे गुजर वो अगले लेवल पर जाने वाला था लेकिन तभी अचानक एक इंसान उसके ठीक सामने आ गया और उसने ध्रुव पर चिल्लाते हुए कहा क्या तुम इस शक्ति ट्रेनिंग टावर के नियम भूल गए हो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दू कि इस तरह हड़बड़ा कर आगे बढ़ना मना है एक बार घंटा बच जाए तो और जैसे ही वो आदमी ध्रुव के सामने आया तो ध्रुव हड़बड़ाते हुए समझ में आया कि उस आदमी की उम्र तक दिलीप जितनी ही थी इसके अलावा उस आदमी के सीने पर भी एक टीचर का बैच लगा हुआ था जिससे ध्रुव समझ गया की वो भी उस टावर की रखवाली के लिए मौजूद था अब जो की ध्रुव को उस आदमी ने रोक लिया था तो ध्रुव भी हिम्मत नहीं कर पाया आगे बढ़ने की लेकिन फिर उसने उस आदमी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा टीचर दरअसल मैं लेकिन इससे पहले कि ध्रुव आगे कुछ कहता है उस आदमी ने तुरंत अपना हाथ लहराते हुए ध्रुव को जाने का इशारा किया मुझे कुछ नहीं सुनना है ट्रेनिंग खत्म हो गई है इसलिए अब जाकर चुपचाप आराम करो तुम्हें तो इंतजार करना होगा कल तक जब तक तुम्हारे शरीर में बसी आग ठंडी नहीं हो जाती नहीं तो वो जहर में बदल जाएगी इस टावर में जल्दी हर कमरे की तलाशी ली जाएगी और अगर तुम किसी भी कमरे में दिखाई दिए तो तुम्हारी आग शक्ति काट ली जाएगी आग के जहर का जिक्र सुनकर ध्रुव को याद आया की दिलीप ने भी उसे इसी बारे में बताया था और उस आदमी के चेहरे को देखकर तो ध्रुव समझ गया था कि उसके पास और ट्रेनिंग करने का कोई रास्ता नहीं था इस बात के चलते उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत पलट कर देखा की आवाज दिलीप की ही थी जो उसी की तरफ चलकर आ रहा था तभी दिलीप ने देखा की ध्रुव उसे देख कर धीरे से आंख मारने लगा यह देखकर पहले तो दिलीप को कुछ समझ नहीं आया लेकिन फिर उसने अपने साथी टीचर को समझाते हुए कहा तुम इसकी फिक्र मत करो मैं देखता हूँ बात क्या है तुम जाकर अपना काम कर सकते हो यह सुनकर वो टीचर एक पल के लिए अगर गलती से भी से यहां देख लिया तो बुजुर्ग पेनाक हमें बहुत डांटेंगे ये सुनकर दिलीप हामी भरने लगा जिसे देखकर वो टीचर वहाँ से चला गया फिर जैसे ही वो आदमी ध्रुव और दिलीप की नजरों से गायब हुआ तो दिलीप ने ध्रुव की तरफ देख हल्की फिक्र के साथ उससे पूछा ध्रुव तुम्हारी ट्रेनिंग तो पूरी हो गई है ना फिर तुम यहाँ इस तरह क्यों घूम रहे हो इस पर ध्रुव ने आसपास देखकर एक कदम आगे बढ़ाया फुस दिलीप भाई, मदद? मदद? भाई मैं आपसे क्या ही छुपाऊ आप तो मेरी मौजूदा शक्तियों को जानते हैं सच कहूं तो आज की ट्रेनिंग का मेरी शक्तियों पर ना के बराबर असर पड़ा मुझे लगता है कि यह असर पहले लेवल पर ट्रेन करने का है इसलिए मैं कुछ लेवल नीचे जाकर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा दिलीप के सवाल पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए लेवल नीचे जाना चाहते हो देखो ध्रुव में जानता हूं कि तुम्हारी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से पहले लेवल पर ट्रेनिंग करने का तुम्हें उतना फायदा नहीं मिला होगा लेकिन इस के नियमों के हिसाब से चाहे कोई नया स्टूडेंट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसे पहले पूरे हफ्ते लेवल वन पर ही ट्रेन करना होता है उसके बाद ही वो बाकी लेवल्स पर जाकर ट्रेन कर सकता है देखो तुम्हारी शक्तियां कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो दिल रोशनी का तुम्हारी शक्तियों से मिलना तुम्हारे अंदर जहर पैदा कर सकता है हल्के में बिल्कुल मतलब क्यूँकी ये जहर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है इतने सालों में अंदरूनी हिस्से में ऐसे बहुत से स्टूडेंट हुए हैं जिनके शरीर में बसी आग से इतना जहर इकट्ठा हो गया की उन्हें ऐसा नुकसान हुआ की वो अब तक उसकी भरपाई नहीं कर पाए है और तो और दिल रोशनी की आग की जलन की आदत पड़ने में थोड़ा वक्त लगता है इस आग शक्ति ट्रेनिंग टावर में दिल रोशनी ऐसी निकली आग की जलन लेवल के हिसाब से बढ़ती जाती है और तुम्हें तो अभी पहले लेवल की आग की आदत भी नहीं हुई है इसलिए तुम्हारे लिए बाकी लेवल्स में जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है वही द्रुप के मुँह ऐसी इतनी सारी बातें सुनकर ध्रुव का सिर भारी होने लगा फिर कुछ देर सोचकर उसने मजबूरी में सिरे लाते हुए अपने चेहरे को देखते हुए कहा दिलीप भाई मैं जिस मूल शक्ति का हूं, उस हिसाब से मुझे आग की आदत है मैं मानता हूं कि मैं अभी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ लेकिन मेरे शरीर में आग का जहर तैयार होने में आम लोगों से बहुत ज्यादा वक्त लगेगा इसलिए आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मुझे आग के जहर से खतरा है रही बात बढ़ती आग की जलन की तो आप बेफिक्र रहिए मैंने सुनाया की जिनकी शक्तियाँ पांच से तारह महादक्ष जितनी होती है वो तीसरे लेवल पर जाकर भी ट्रेन कर पाते हैं और मैं फिलहाल सिर्फ दूसरे लेवल पर ही जाने की बात कर रहा हूँ ध्रुव की बात सुनकर दिलीप ने उसके चेहरे पर जब गौर किया तो एक पल के लिए वो दंग रह गया उसने देखा कि ध्रुव का चेहरा जरा भी लाल नहीं दिख रहा था जिस वजह से दिलीप इतना हैरान हो गया था। इतने सालों से अंदरूनी हिस्से में काम करने के बाद उसे आग के जहर के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था इसलिए उसे लोगों के चेहरे देखकर ही पता चल जाता था कि उनके अंदर कितना आग का जहर बनने लगा है लेकिन ध्रुव के चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव ने आग दिल के पास लाकर ट्रेनिंग ही नहीं की थी इसी सोच में पड़े दिलीप ने कुछ पल रुक कर ध्रुव से कहा ठीक है मैं मान गया कि तुम्हारे शरीर में आग का जहर बनने में काफी वक्त लगेगा लेकिन इसके बावजूद आगे कुछ कहता ध्रुव ने तुरंत अपनी अंगूठी में से हरे रंग की बोतल बाहर निकाली और उसे दिलीप के हाथों में तेजी से थमाते हुए कहा दिलीप भाई आप कितनी मेहनत से इस टावर की रखवाली करते हैं वैसे तो आप बहुत मजबूत हो लेकिन आपके लिए ट्रेनिंग के बाद आग के जहर को निकालना कितना मुश्किल होता होगा इस बोतल के अंदर खास गोलियां हैं, जिनका नाम बर्फीली गोली है ये बहुत हाई रैंक की गोलियां तो नहीं है लेकिन ये आग के जहर को दबाने में आपकी बहुत मदद करेंगी इससे आप और ज्यादा ट्रेन कर सकते हो बिना जहर की फिक्र के जैसे ही ध्रुव ने दिलीप के हाथों में हरे रंग की बोतल पकड़ाई तो अचानक ऐसी दिलीप के दिल की धड़कन काफी बढ़ने लगी उसने जब ध्रुव के मुंह ऐसी उस दवाई के बारे में सुना तो उसने कसकर उस बोतल को पकड़ लिया की कहीं ध्रुव उससे उस बोतल को छीन न ले दिलीप जानता था कि ध्रुव ने बिल्कुल ठीक कहा था वो लोग आग शक्ति टावर में काम करते रहते थे जिस वजह से टीचर्स के अंदर इकट्ठा हुआ आग का जहर स्टूडेंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा होता था इसलिए स्टूडेंट्स से ज्यादा वो लोग खतरे में थे और तो उन्हें अच्छी तरह आराम करने को भी नहीं मिलता था ऐसे में बहुत वक्त तक लगातार काम करने आरोप उनके दिलों में आग काफी ज्यादा बढ़ जाती जिससे बीच बीच में उन्हें अपनी ट्रेनिंग रोकनी पड़ जाती थी इसलिए जैसी दिलीप को पता चला की ऐसी कोई गोली भी हो सकती थी जो आग के जहर को दबा सके तो वो अपने कानों पर पहले तो यकीन ही नहीं कर पाया लेकिन जब ध्रुव ने गोली से भरी बोतल उसके हाथों में थमा दी फिर तो वो खुशी के मारे झूम उठा वैसे तो वो गोलियां के जहर को निकाल नहीं सकती थी सिर्फ उसे दबा कर रख सकती थी। लेकिन इसके बावजूद इसलिए दवा हासिल करके एक पल कुछ सोचने के बाद दिलीप ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा देखो ध्रुव ये गलत बात है तुम हर बार ऐसी चीज कैसे निकाल सकते हो जिसे देख सामने वाला तुम्हें मना ही ना कर पाए चलो ठीक है तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए आज थोड़ा खतरा उठा ही लेता हूँ इतना कहकर दिलीप ने तुरंत आसपास नजरें घुमाई और देखा कि कहीं कोई उसे उस वक्त देख तो नहीं रहा था फिर जैसे दिलीप को यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं था तो उसने ध्रुव का हाथ खींचा और वो चोरी छुपे आगे बढ़ने लगा वही ध्रुव दिलीप के पीछे जाते हुए चैन की सांस ले रहा था वो जानता था की बर्फीली गोली बनना थोड़ा लंबा काम तो था लेकिन वो ज्यादा मुश्किल नहीं था और इसलिए ध्रुव को समझ नहीं आया था की वो गोली हासिल करके दिलीप इतना खुश कैसे हो गया था इस बारे में सोचने पर ध्रुव को समझ आया की असर सिर्फ आग शक्ति टावर की वजह से था और कहीं और उस गोली की कीमत शायद बहुत मामूली होती और दिलीप के पीछे तकरीबन तक मिनट तक चलते रहने के बाद ध्रुव को आखिरकार महसूस हुआ कि दिलीप ने अपने चलने की रफ्तार धीमी कर दी थी ये देखकर ध्रुव ने जैसी अपनी नजरे सामने की तरफ की तो उसे सीढ़ियाँ दिखाई पड़ी जो गोल गोल घूम नीचे की तरफ जा रही थी उसे देखकर ध्रुव समझ गया की वो जरूर अगले लेवल में जाने का रास्ता था तभी दिलीप ने सीढ़ियों के पास जाते हुए ध्रुप से मुस्कुरा कर कहा सच कहू तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज की आज दरवाजे की रखवाली मैं कर रहा हूँ नहीं तो मैं भी तुम्हें लाने में कामयाब नहीं हो पाता अरे रुको, आहिस्ता चलो ध्रुव, यहाँ पर एक स्पेस क्लास लगा कर रखा गया है अगर तुमने हड़बड़ाते हुए इस पर पैर रख दिया फिर तो तुम उछलते हुए पीछे फेंक दिए जाओगे ऐसे में तुम्हें इतनी बुरी चोट आ जाएगी इसके बारे में तुम शायद सोच भी नहीं सकते ये सब सुरक्षा के इंतजाम है और जैसे दिलीप ने ध्रुव को इस बारे में बताया तो ध्रुव ने खुद को रोककर उस जगह पर गौर किया तभी उसे दिखा कि वहाँ अदृश्य शक्तियां महसूस की जा सकती थीं, जैसे स्पेस लॉक में भी होती थीं। और इस बात को महसूस कर ध्रुव ने एक चैन की सांस ली और अपने माथे पर आते पसीने को पहुंचा सच में इस आग शक्ति ट्रेनिंग टावर के अंदर तो हर कदम पर जाल बिछाए गए थे इसलिए अगर कोई जरा सी भी लापरवाही दिखा तो वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो सकता था फिर ध्रुव को चैन की सांस लेते देख दिलीप ने अपने सीने पर लगे बैच को धीरे से निकाला जिसके बाद उसने वो बैच एक दीवार पर लगा चलते ध्रुव ने दिलीप से सवाल किया दिलीप भाई क्या अब मैं नीचे जा सकता हूँ ये सुनकर दिलीप ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया हाँ मैंने उस स्पेस ग्लास को अलग कर दिया है अब तुम आसानी से नीचे जा सकते हो देखो नीचे जाने के बाद तुम्हें आसपास नजर रखनी होगी नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, और मैं टावर के बाहर निगरानी रखूंगा इसलिए तुम अब कल ही बाहर निकल पाओगे जब टावर के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है और दिलीप की ये बात सुनकर ध्रुव बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने अपने हाथ जोड़ते हुए दिलीप से कहा दिलीप भाई आपका तह दिल से शुक्रिया आप जैसा अच्छा आदमी यहाँ नहीं होता तो न जाने मेरा क्या होता इतना कहकर ध्रुव ने अपने कदम आगे बढ़ाए और वो बहुत संभल सीढ़ियों पर जाने लगा तभी दिलीप ने ध्रुव को याद दिलाते हुए कहा ध्रुव याद रखना अगर तुम दूसरे लेवल की दिल रोशनी की तपेश नहीं झेल पाओ तो जल्द से जल्द तुम उस लेवल पर आराम करने की कोई जगह ढूंढ लेना और कल जब टावर खुलेगा तब तुम धीरे से ऊपर आ जाना समझ गया दिलीप भाई एक बार फिर आपका शुक्रिया इतना कहकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए दिलीप को हाथ दिखाया और फिर वो तेजी से उस गोल सीढ़ियों से नीचे जाने लगा फिर अगली पल वो वहाँ से गायब हुआ जिसके बाद दिलीप ने बर्फीली गोली की बोतल उछाल सीधे उसे अपनी जेब के अंदर डाल दिया ऐसा करते ही उसने धीरे से सीढ़ियों की तरफ देखा और आह भरते हुए धीमी आवाज में कहा ध्रुव नीचे के लेवल में ट्रेन करने से तुम जल्दी ताकतवर तो बनोगे लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी शर्त है कि तुम वहाँ की गर्मागरम दिल रोशनी को सहन कर पाओ देखते हैं ये लड़का क्या करता है मैं उम्मीद करता हूँ की ये उस जलन को झेलने में कामयाब हो जाए तो क्या ध्रुव झेल पाएगा सेकेंड लेवल के जलन को या फिर उसे ट्रेनिंग का ख्याल छोड़कर आराम करना पड़ जाएगा जानने के लिए सुनते रहिए दिवन लिया के साथ था। उस वाले लड़के पर खास ध्यान रखना दिलीप से बात करने के बाद ध्रुव तकरीबन पांच मिनट तक वो घुमावदार सीढ़ियां उतरता रहा जिसके बाद अचानक से उसके सामने की जगह काफी बड़ी हो गई इसके बाद जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसे दिखाई दिया कि वो उस आग शक्ति टावर के दूसरे लेवल पर पहुंच गया फिर जब ध्रुव उस लेवल को गौर से देखने लगा तो उसे समझ में आया कि वो लेवल जगह के मामले में पहले लेवल जैसा ही था लेकिन पहले लेवल के मुकाबले ये लेवल कुछ ज्यादा ही सुनसान दिखाई पड़ रहा था और तो और इस लेवल पर पहले लेवल जैसे ज्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं दिखाई दे रहे थे इसके बावजूद वहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे इसका मतलब ध्रुव अकेले वहाँ पर नहीं रुका था ये देखकर ध्रुव मनी मन थोड़ा खुश हुआ क्यूँकी उसने महसूस किया था की लोगो की भीड़ की वजह ऐसी पहले लेवल पर जरा भी शांति नहीं थी लेकिन यहाँ पर शांति की भरमार थी वही ध्रुव के वहाँ आने पर कुछ स्टूडेंट्स जो आराम करने अपने ट्रेनिंग रूम से बाहर निकले थे लगातार ध्रुव कोई देखने लगे थे उसे देखकर सभी लोग थोड़ा अजीब महसूस करने लगे थे लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि एक नजर ध्रुव को अच्छे से देख लेने के बाद सभी ने अपनी नजरें दूर कर वापस अपने आराम पर ध्यान दिया मगर इसका मतलब ये नहीं की उन्हें ध्रुव का वहाँ आना हैरान नहीं कर रहा था और इस बारे में वो आपस में फुस बात करने लगे की आखिर इस वक्त ध्रुव क्यूँ दूसरे लेवल पर आ रहा था लेकिन ध्रुव ने तो सभी की बातों को नजरअंदाज कर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना ही सही समझा इसके बाद थोड़ी दूर चलकर ध्रुव को एहसास होने लगा कि वहाँ की हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी जो पहले लेवल के मुकाबले काफी ज्यादा थी इससे ध्रुव को अंदाजा लग गया कि आग शक्ति टावर में एक लेवल नीचे उतरते ही वहाँ की गर्माहट काफी ज्यादा बढ़ जाती थी मगर इसके साथ ही ध्रुव ये सोचने लगा की इस हिसाब से जो लेवल सबसे नीचे बना हुआ था वहाँ पर कितनी गर्मी होगी ये सोचकर ध्रुव ने इस बात को समझा कि उस आखिरी लेवल पर कुछ ताकतवर बुजुर्गों के अलावा और कोई नहीं जाता होगा फिर ध्रुव धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उसने देखा कि उसकी बाईं तरफ जो कमरे दिखाई दे रहे थे वो सबसे कम असरदार कमरे थे जो हर लेवल के किनारों पर रहते थे लेकिन ध्रुव ऐसे कमरों में ट्रेनिंग करना नहीं चाहता था इसलिए उसके कदम वहाँ नहीं थमे और वो लगातार आगे बढ़ता रहा जैसे जैसे ध्रुव आग शक्ति टावर के अंदर जाने लगा तो उसे महसूस हुआ कि वो उस लेवल के अंदरूनी इलाके में पहुंचने लगा था इसके तकरीबन सात या आठ मिनट बाद ध्रुव ने देखा कि वो उस लेवल पर बने मीडियम ट्रेनिंग रूम्स के सामने आ गया था ध्रुव उनमें से एक कमरे के सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने दरवाजे आरोप बना निशान देखा जिससे उसे साफ हो गया की अंदर इस वक्त कोई नहीं था फिर अंदर जाने ऐसी पहले ध्रुव एक पल के लिए झकने लगा और कुछ सोचते हुए वो आखिरकार उस कमरे के अंदर नहीं गया दरअसल ध्रुव जानता था कि उसका इरादा दिल बहार दिव्य हासिल करने का था इसलिए कभी ना कभी उसे ये पता तो लगाना ही था कि आखिर उस बड़े से गहरे गड्ढे के अंदर था क्या फिर दिमाग में यही ख्याल लिए ध्रुव धीरे धीरे मीडियम ट्रेनिंग रूम से आगे बढ़कर हाई ट्रेनिंग रूम्स की तरफ जाने लगा और इस तरह के कमरों के पास जाते ही ध्रुव ने देखा की ये कमरे बाकी सभी कमरों से ज्यादा ही खास दिख रहे थे लेकिन ऐसे कमरों की तादाद बहुत कम थी उसके बाद ध्रुव ध्यान से वो कमरे गिनने लगा और उसे पता चला की वहाँ कुल मिलाकर अट्ठारह कमरे थे इसके अलावा दरवाजों पर बने निशान से ध्रुव समझ गया कि हर कमरे में इस वक्त कोई न कोई ट्रेन कर रहा था फिर ध्रुव ने आगे बढ़ना जारी रखा लेकिन हाई ट्रेनिंग रूम्स से लगा जो इलाका था वहाँ एक बड़ी सी दीवार मौजूद थी उस दीवार के पास फिलहाल तीन अधेड़ उम्र के आदमी दिख रहे थे जिनके सीने पर टीचर का बैच लगा था वो लोग दीवार पर बने एक लोही के दरवाजे के ठीक सामने खड़े थे और जैसे उन्होंने ध्रुव को वहाँ आते हुए देखा तो वो तीनों एक साथ ध्रुव को घूर कर देखने लगे उनके इस तरह देखने ऐसी ध्रुव समझ गया की वो उसे दरवाजे के पास आने ऐसी मना कर रहे थे उसके बाद ध्रुव ने आगे बढ़ने का ख्याल दिमाग ऐसी भुलाकर वापस मीडियम ट्रेनिंग रूम्स की तरफ लौटना शुरू किया ध्रुव इस वक्त काफी धीरे-धीरे महसूस हो रहा था इस तरह की सुरक्षा को देख एक पल के लिए ध्रुव भी थोड़ा इस घबराहट के चलते ध्रुव ने मनी मन खुद से कहा ऐसा लगता है की उस दीवार के पास कोई ऐसा रहस्य है जिसके बारे में शायद किसी से नहीं कहा जा सकता क्यूँकी अगर ऐसा नहीं होता फिर वो तीनों टीचर्स वहां इस तरह नहीं खड़े होते ये दिल बाहर दिव्या रोशनी तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है यही सोचते हुए ध्रफ चलते चलते मीडियम ट्रेनिंग रूम्स के पास आ पहुंचा जहाँ के कमरों को देख कर ध्रफ समझ गया कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा चार या पांच लोग ही ट्रेन कर सकते थे उसके बाद ध्रुव ने महसूस किया कि वहाँ फिलहाल एक ही कमरा खाली बचा हुआ था इस बात को महसूस कर उसने तुरंत उस कमरे का दरवाजा खोला और वो किसी और के आने से पहले वहाँ चला गया तभी ध्रुव ने महसूस किया कि कमरे के अंदर पहुँचते ही उसकी आंखें एक पल के लिए चौंधिया आने लगी फिर दरवाजा बंद कर जब ध्रुव की आंखें ठीक हुई तो उसे उस कमरे के हर किनारे आरोप तेजी से चमकती रोशनी दिखाई पड़ी उस ट्रेनिंग रूम के बीच में गिनती के पांच छोटे छोटे मंच बने हुए थे जो एक दूसरे ऐसी शायद तीन या चार फीट की दूरी पर थे इसके अलावा ध्रुव ने देखा की वहाँ पांच में से चार मंच पर तो पहले से ही कुछ लोग बैठकर ट्रेन कर रहे थे ये देखकर ध्रुव आगे आया और सीधे खाली मंच पर गया और शायद वो दरवाजा खुलने की आवाज थी या ध्रुव के कदमों की आवाज लेकिन ध्रुव के मंच की तरफ जाते ही कमरे में मौजूद चारों स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी आंखें खोल ली उसके बाद वो लगातार ध्रुव की तरफ ही देखते रहे और जब उन्हें ध्रुव के सीने पर कोई बैच नहीं दिखा तो सभी ने एक चैन की सांस ली इस दौरान ध्रुव विचारों को अपनी तरफ देखता हुआ देख रहा था और इतफाक से उनके सीने पर भी किसी तरह का कोई बैज नहीं था इससे ध्रुव को समझ आ गया कि ये वो लोग थे जो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुए थे वैसे तो चारों ने देखा था था। कि ध्रुव के पास कोई बैज नहीं था। फिर भी भी किसी ने भी उससे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा वो लोग तो बस ध्रुव की इस हरकत को गौर से देखते रहे तभी ध्रुव खाली मंच पर पालती मार कर बैठा और उसने अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल कर चारों की ताकत के बारे में पता लगाया चार महादक्ष लेकिन इनकी ताकत देखकर तो लगता है की इन्हें महादक्ष बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ इतना कहकर ध्रुव ने अपना हाथ लहराया जिसके तुरंत बाद उसके पास एक हरे रंग का आकशक्ति कार्ड आ गया और जैसे ही चारों ने ध्रुव के हाथ में वो आक्ति कार्ड देखा तो चारों ने हैरानी भरी आवाज में कहा ग्रीन आकशक्ति कार्ड ये कहते वक्त उनकी आवाज में हैरानी के साथ साथ थोड़ी जलन और लालच भी समझ आ रहा था और सभी की लालच भरी आंखों को देखकर ध्रुव भी हल्की घबराहट के साथ उन्हीं की तरफ देखने लगा फिर अगले ही पल ध्रुव ने अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकालना शुरू की जिसे महसूस कर चारों के चेहरों का रंग बदल गया फिर उन्होंने तुरंत अपनी नजरें ध्रुव से हटाकर अपनी ट्रेनिंग में ध्यान दिया और हरा आशक्ति कार्ड हासिल करने के लालच को पूरी तरह से निकल लिया जाहिर सी बात है की ध्रुव की शक्तियों को देख वो समझ गए थे की ध्रुव उनसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर था वही ध्रुव ने जैसी सभी की नजरे खुद पर ऐसी हटती हुई देखी फिर उसने भी धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ ध्रुव ने धीरे से अपना आग शक्ति कार्ड सामने रखे पत्थर पत्थर पर रखा और ध्रुव के ऐसा करते ही वो पत्थर तुरंत जगमगाने लगा जिसके बाद ध्रुव के आग शक्ति कार्ड में से दो दिन की आग शक्ति कम हो गई ये देखकर ध्रुव पहले तो थोड़ा परेशान हुआ और फिर उसने परेशानी में खुद ऐसी कहा कहीं ऐसा तो नहीं की हर बढ़ते लेवल के साथ ट्रेनिंग की कीमत भी उतनी हो जाती है ये तो बहुत नाइंसाफी है इस अंदरूनी हिस्से की फिर ध्रुव ने मजबूरी में अपना सर हिलाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों पर ट्रेनिंग सील बनाना शुरू किया इसके कुछ पल बाद ध्रुव की सांसें भी धीमी हो गईं और वो एक बार फिर ट्रेनिंग के लिए ध्यान लगाने लगा वहीं उस कमरे से काफी दूर एक बड़े से जगमगाते कमरे के अंदर तस से भी ज्यादा बुजुर्ग बैठे हुए थे और उस कमरे की रोशनी में उनके सीने पर लगे बैजेस साफ साफ नजर आ रहे थे वो बैजस बहुत ही खास तरह के बैज थे जो सिर्फ अंदरूनी हिस्से के बुजुर्ग ही पहन सकते थे वैसे तो वो कमरा काफी बड़ा था लेकिन इस वक्त उस कमरे में एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी फिर कुछ पलों की शांति के बाद लीडर की कुर्सी पर बैठा बुजुर्ग आगे आया और उसने कमरे में छाई खामोशी को तोड़ने की शुरुआत की पिछले कुछ दिनों से हमें बहुत सी उसके अजीब वरीब हरकत करने की ऐसा लगता है की वो फिर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और उस आदमी के इतना कहते वहाँ मौजूद बुजुर्ग और ज्यादा परेशान दिखने लगे वही सभी का ध्यान अपनी ओर खींचकर उस बुजुर्ग ने आवाज में हल्की फिक्र के साथ आगे कहा उस चीज को पिछले कुछ दिनों से देखने के बाद मुझे समझ आया है कि इस बार वो जिस तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वो पिछली बार से काफी खतरनाक है और साथ ही उसका गुस्सा भी पहले से बहुत ज्यादा है तो की एक एक अगले कुछ सालों में ये जरूर बाहर निकलने की एक बहुत जोरदार कोशिश करने वाला है और अगर हमने उस कोशिश को सही तरह से नहीं संभाला तो सभी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं इस पर पास ही बैठे एक बुजुर्ग ने कुछ सोचकर सुझाव दिया हम एक बार फिर साथ आकर उसकी सुरक्षा को मजबूत भी तो कर सकते हैं। अगर वो काम नहीं किया तो हमारे पास एक ही रास्ता बचेगा और वो है अंदरूनी हिस्से और बाहरी हिस्से के हेडमास्टर्स को इस बारे में बताना इस बात को हम किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने दे सकते क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर तो ब्लैक कॉर्नर के ताकत बदमाश यहाँ आकर उसे हमसे छीनने की कोशिश करेंगे मैं जानता हूँ की हमारी अकेडमी का अंदरूनी हिस्सा बहुत अच्छी तरह ऐसी छुपा हुआ है लेकिन वो ब्लैक कॉर्नर ऐसी बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है अगर गलती से भी कुछ हुआ तो ब्लैक कॉर्नर के तजुर्बेदार और ताकतवर लोग जो ना जाने कब से हम पर नजर रखे हुए हैं जरूर यहाँ आकर मुश्किलें खड़ी कर देंगे जितना मुझे पता है उनका तजुर्बा इतना तो है कि वो ने हिस्से पर चढ़े कवच को आराम से तोड़ सकते हैं इस पर लीडर की कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया हमें कैसे भी करके अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी लेकिन फिलहाल तो बड़े हेडमास्टर आराम कर रहे हैं कुछ वक्त में छोटे हेड भी छुट्टियों आरोप जा रहे हैं इतना कहकर उस बुजुर्ग ने धीरे से अपनी नजरें किनारे पर बैठे बुजुर्ग की तरफ कर पूछा बुजुर्ग पिनाक वो लड़का जिसके पास दिव्य रोशनी है दूसरे लेवल पर ट्रेन कर रहा है हो सकता है कि उसकी की उसकी दिव्य रोशनी की वजह से ही उसे आग के जहर का कोई डर नहीं है वैसे आपके कहने पर मैंने सभी को उसका खास ध्यान रखने को कहा है उस पर उस काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने अपना सर हिलाते हुए कहा मुझे तो यकीन ही नहीं होता दिल बहार दिव्य ने हमारे अंदरूनी हिस्से को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां वो आज है लेकिन उस लड़के के पास इतनी कम उम्र में ऐसी रहस्यमय और अनोखी चीज कैसे आ गई ये सच में लोगों को जलने पर मजबूर करते दे इतना कहकर उस बड़े बुजुर्ग ने गहरी सांस ली फिर कुछ सोच बाकी सभी बुजुर्गो ऐसी कहा सभी बुजुर्गो ऐसी मैं कहना चाहूँगा की अगर तुम्हे ये लड़का मिले तो कोशिश करना की उसे किसी तरह की तकलीफ न हो सकता है की अगर आगे कभी दिल बहार दिव्य रोशनी ने जोरदार बगावत करनी चाहिए तो शायद हमें इस लड़के की शक्तियों की मदद मांगनी पड़े आखिर हम किसी दिव्य रोशनी की ताकत को कम आंकने की गलती तो बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसी रहस्यमयी और उनो रोशनी हजारों सालों की शक्तियों से बनती है इसमें जितनी बचाने की शक्ति है उतनी ही चीजें खत्म करने की शक्ति भी है अगर हमने दिल बहार के गुस्से को हल्के में लिया तो हो सकता है की हमारे अंदरूनी हिस्से का नामो ही मिट जाए और उस काले कपड़ों वाले बुजुर्ग की बात सुनकर कमरे में मौजूद बाकी सभी बुजुर्गों ने एक साथ जवाब दिया जी हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे इतना कहकर वो सभी अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए वहीं उन्हें इस तरह खड़ा होता हुआ देखा अचानक से उस बुजुर्ग को खांसी आने लगी जिसके बाद उसने सभी को इशारा करते हुए कहा ठीक है तो फिर अब तुम लोग जा सकते हो अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था ध्यान रहे हर वक्त ब्लैक कॉर्नर के उतरे इलाके आरोप नजर बनाए रखना वहाँ बहुत से खतरनाक और ताकतवर दल मौजूद हैं। खास तौर से वो लोग सुनने में आया है कि पिछले कुछ वक्त से खून खराब दल कुछ ज्यादा ही खुरापात मचा रहा है इसके पीछे शायद उसके लीडर का बेटा है जिसे ना जाने किस लड़के ने जान से मार दिया जब तक इस तरह हंगामा मचाता रहेगा हम चैन से नहीं बैठ सकते वही उस बुजुर्ग की बात सुनकर बाकी बुजुर्गो ने अपना सिर हिलाया और फिर वो काली परछाइयों में बदलकर उस कमरे से एक छटकी में गायब हो गए जैसे ही सभी बुजुर्ग उस कमरे से गायब हुए तो सबसे बड़े बुजुर्ग जो फिलहाल काले कपड़ों से पूरी तरह ढके हुए थे धीरे से अपनी कुर्सी से खड़े हुए और जब वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए तो अचानक से वो सभी उस कमरे से कहीं गायब हो गए क्या होगा जब दिल बहा वै रोशनी करेगी अंदरूनी हिस्से के बुजुर्गो ऐसी बगावत और क्या ध्रुव रोक पाएगा उस सैलाब को जानने के लिए सुनते रहिए दिवन आर्ज रिवांश के साथ सुपर योथा सिर्फ पॉकेट एफ एम्पर ध्रुव जब ट्रेनिंग के लिए बैठा था तो कुछ पलों के ध्यान के बाद उसके दिल के नजदीक एक अदृश्य आग जलने लगी इस आग के जलन के तुरंत बाद ध्रुव ने अपनी शक्तियों के हीरे से शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की फिर वो शक्तियां जाकर सीधे दिल के नजदीक मंडराती आग से टकरा गईं, और फिर वापस ध्रुव के शक्तियों के हीरे में चली गई जो शक्तियों के बवंडर के अंदर आराम कर रहा था इस तरह शक्तियों का हीरा जो शुरुआत में महज एक अंगूठी के बराबर था धीरे धीरे किसी चिड़िया के अंडे की तरह बड़ा होने लगा और तो और वो इस वक्त इतना जगमगा रहा था कि उसकी चमक ध्रुव को भी साफ़ साफ़ महसूस होने लगी थी। अब जो ट्रेनिंग में लग गया था इसलिए उसे इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसे ट्रेनिंग करते करते कितना वक्त गुजरता गया लेकिन कुछ वक्त बाद जब उसने शक्तियों के हीरे में भरी शक्तियों को देखा तो वो समझ गया की वो कुछ ही देर में एक साथ सितारों वाला महादक्ष नहीं वाला था लेकिन ऐसा होने में कितनी देर बाकी थी इसका अंदाजा ध्रुव को बिल्कुल नहीं था दिल रोशनी की तपिश उसके दिल के पास जलती रही जिससे ध्रुव को लगातार अपनी शक्तियां मजबूत करने का मौका मिलता रहा बहुत वक्त से ट्रेनिंग करते रहने की वजह से फिलहाल ध्रुव के शरीर के हर हिस्से को उस जलन की आदत होने लगी थी जिस वजह से उसे बहुत दर्द भी महसूस हो रहा था इसके अलावा ध्रुव की शक्तियों को भी ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों की मदद नहीं लगी और वो खुद ब खुद शक्तियों के हीरे ऐसी आकर ताकतवर होने के बाद शक्तियों के हीरे में वापस आने लगी इस दौरान ध्रुव ने कोई बेवकूफी भरा कदम उठाकर अपने आप खोती चीजों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की वो जानता था कि इस तरह की चीजें कभी कभार ही हासिल की जा सकती थी इसलिए वो किसी भी तरह उसे खराब नहीं करना चाहता था यही वजह थी कि ध्रुव शांत रहकर लगातार अपने शक्तियों के हीरे को चमकता हुआ देखता रहा ध्रुव जिस वक्त ट्रेनिंग कर रहा था उस दौरान वो ये भूली गया था की वक्त क्या चीज होती थी वो अपनी ट्रेनिंग की ऐसी गहराइयों में पहुँच गया था जहाँ ऐसी अचानक उसका ध्यान अपने शक्तियों के हीरे पर पड़ा ध्यान हीरे पर पड़ते ही ध्रुव ने देखा कि वो फिलहाल किसी सूरज की तरह चमकने लगा था जिसे देखकर ध्रुव पहले तो थोड़ा हैरान हो गया फिर हैरानी को काबू करके उसने अपने मन में इस बात की खुशी जाहिर की कि बहुत जल्द वो एक सात सितारों वाला महादक्ष बनने वाला था लेकिन अभी तक वो मुकाम उसका हुआ नहीं था इसलिए ध्रुव ने अपने जज्बातों पर लगाम लगाते हुए वापस अपना ध्यान हीरे की तरफ किया फिर वो लगातार देखता रहा की कैसे वो हीरा अपने अंदर बसी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा था तभी उसे दिखा कि वो शक्तियों का हरे रंग का हीरा बवंडर के अंदर धीरे धीरे तैरकर हवा में उठने लगा और अचानक से उस हीरे ने हवा में थमकर सब कुछ अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया ये देखकर ध्रुव थोड़ा घबरा गया लेकिन फिर उसे दिखा कि दरअसल वो हीरा उसकी शक्तियों के रास्ते पर फैली शक्तियों को भी वापस अपने अंदर ले रहा था इसके बाद ध्रुव के शरीर में बहती सारी शक्तियाँ किसी बाढ़ की तरह तेजी से बहते हुए सीधे शक्तियों के हीरे की तरफ जाने लगी इस वक्त न सिर्फ ध्रुव को अपने शरीर के अंदर एक अजीब सा बदलाव होता हुआ महसूस हो रहा था बल्कि उसके शरीर के बाहरी हिस्से में भी काफी हलचल होने लगी थी इसी के साथ उसके शरीर में फैली सारी शक्तियां जगमगाने लगी फिर एक पल बाद अचानक से ढेर सारी गर्म शक्तियां ध्रुव को अपने शरीर में बहती हुई महसूस होने लगी इतना ही नहीं उसके शरीर में बहती ये शक्तियाँ बाहरी दुनिया में भी चमकती हुई दिखाई दे रही थी इसलिए धीरे धीरे उस कमरे में ध्रुव की शक्तियाँ भरने लगी जो धीरे धीरे ध्रुव के सिर के ऊपर एक बवंडर सा बनाने लगी इतने में ध्रुव के पास बैठे चारों लोगों की आंखें अचानक से खुल गईं। जाहिर सी बात है कि कमरे में इस तरह की हलचल महसूस कर वो लोग भी जागने से खुद को रोक नहीं पाए फिर जैसे ही उन चारों की नजर ध्रुव के सिर तो के ऊपर अगले पल उनके चेहरों पर जलन दिखाई देने लगी क्यूँकी वो लोग भी जानते थे की ऐसा कुछ होना किस चीज का इशारा था यही सोचकर एक लड़के ने ध्रुव को गौर से देखा और बाहरी शक्तियों को ध्रुव के शरीर में जाते देख उसने अपने साथियों से कहा इस लड़के को तो पता भी नहीं है कि ये कितने वक्त से ट्रेन कर रहा है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान बिना खाए बिना सोए लगातार चार दिन तक कैसे ट्रेन कर सकता है ये लड़का तो सच में कोई अजूबा ही है ध्रुव को इस कमरे में आए हुए चार दिन हो गए थे और उसने इन चार दिनों में जरा सी भी हरकत नहीं की थी इस दौरान बाकी चारों लोगों को थोड़े आराम के लिए बीच बीच में उठना पड़ता था जिसके बाद वो वापस यहाँ कर ट्रेन करने लगते थे लेकिन ध्रुव तो लगातार चार दिन से ट्रेन कर रहा था जिसे देखकर वो चारो काफी ज्यादा हैरान थे वो तो अगर ध्रुव की सांसों में उन्हें कुछ अजीब समझ आता तो वो तुरंत किसी टीचर को इस बारे में बता देते कि कहीं ध्रुव मर तो नहीं गया था इतने में एक लड़की ने ध्रुव की तरफ देखकर बाकियों को बताया, मैंने आज इस लड़की के बारे में थोड़ी पूछताछ की थी ये लड़का नए स्टूडेंट्स के ग्रुप जाबाज जोशीले का लीडर है इसका नाम ध्रुव शौर्य है पर लोग कहते हैं की बहुत ताकतवर है खबरों में तो मुझे ये भी सुनने को मिला है की इसने वाइट कैंग के फरान तक को मुकाबले में हरा दिया था वही उस लड़की की बात सुनकर बाकी तीनों के चेहरों पर हैरानी दिखने लगी जिसके साथ सभी ने कहा क्या? यही वो ध्रुप चौरे है शुरू में तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि इसके बारे में उड़ती खबरें सच हैं, लेकिन अब जो कि मैंने इसे अपनी आँखों से देख लिया है तो मैं भी कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल सच है इस पर उस लड़की ने धीमी आवाज में कुछ सोचते हुए कहा सर आप आहिस्ते बात करो अगर हमने गलती ऐसी भी इसके ताकतवर बनने में कोई मुश्किल खड़ी की फिर तो हम सभी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जायेंगे और उस लड़की की बात सुन बाकी सभी ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया वो लोग अच्छी तरह समझ रहे थे कि सितारा हासिल करते वक्त कोई भी रुकावट किसी को कितना ज्यादा नाराज कर सकती थी इस दौरान ध्रुव के बबंडर के अंदर शक्तियों का हीरा लगातार शक्तियों को अपने अंदर खींचे जा रहा था इस वजह से ध्रुव के शक्तियों के रास्ते भी पूरी तरह ऐसी खाली हो गए थे दूसरी ओर ध्रुव के सिर के ऊपर घूमते बबंडर में जो शक्तियाँ थी वो सीधे ध्रुव के शक्तियों के हीरे में नहीं जा रही थी बल्कि वो तो सीधे ध्रुव के दिल के पास जल्दी आग से मिलने लगी फिर जैसे ही वो अदृश्य आग हरे रंग की शक्तियों को ताकतवर बना देती तो वो शक्तियों के रास्ते से गुजरकर सीधे ध्रुव के शक्तियों के हीरे के अंदर जाने लगती इस दौरान ध्रुव बड़े ध्यान से ये सब होता हुआ देख रहा था इस वक्त शक्तियों का हीरा अपनी मन मर्जी से सब कुछ कर रहा था और शक्तियों को सोखना उन्हें दिल के पास भेजना और बाकी चीजें भी वो अपने आप सही सही कर रहा था इसके अलावा ध्रुव का शरीर अपने आप आग को भी काबू कर पा रहा था यह देखकर ध्रुव को लगने लगा की शायद वो खुद इतनी अच्छी तरह से सब कुछ संभाल नहीं पाता अगर उसे ये सब कुछ एक साथ ना करना होता वह इस बात से ध्रुव काफी खुश हो रहा था कि कुछ ना करना उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा था फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो शक्तियों के हीरे का खिंचाव और ज्यादा ताकतवर हो गया इसके साथ ही बाहर से अंदर जाती शक्तियों की रफ्तार भी काफी ज्यादा बढ़ गयी अगर ध्रुव खास जगह पर बैठकर इस तरह ट्रेन कर रहा होता तो अब तक शायद ध्रुव के दिल में जलती आग बुझ चुकी होती लेकिन लेवल टू की आग होने की वजह ऐसी ध्रुव उसका पूरा फायदा उठा पा रहा था अगर ध्रुव के दिल में जलती वो अदृश्य आग गायब हो जाती फिर ध्रुव को खुद ही अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ता लेकिन वो इस रफ्तार से अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा पाता तब तो ध्रुव के पास एक ही की रास्ता बचता और वो था खुद ही सब कुछ ठीक करने का क्योंकि अगर वो खुद हर चीज पर ध्यान नहीं रखता तो हो सकता था की अशुद्ध शक्तियां भी उसके शरीर के अंदर आ जाती और ऐसा होता तो ताकतवर बनने के बजाय ध्रुव के शरीर को काफी नुकसान झेलना पड़ जाता इस वक्त ध्रुव के शरीर के अंदर और बाहर जो कुछ भी हो रहा था वो सब उसका शक्तियों का हीरा ही संभाल रहा था देखा जाए तो ये सितारा हासिल करते वक्त पहली बार था जब ध्रुव को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी यही वजह है कि इस बार का सितारा हासिल करना उसके लिए बहुत आसान साबित हो रहा था और ध्रुव जानता था कि ये सब उस अदृश्य वजह से हो पा रहा था जो उसके दिल में जल रही थी उसके बाद जब शक्तियों का हीरा बीस मिनट तक लगातार शक्तियों को खींचता रहा तो ध्रुव ने महसूस किया की कि वो खिचाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और खिचाव धीरे पड़ने ऐसी ध्रुव के सिर के ऊपर का बवंडर भी छोटा होते होते कुछ ही पल में गायब हो गया इसके बाद ध्रुव के शरीर की शक्तियों को उस बची खुची आग ने जैसे तैसे ताकतवर बनाया जिसके बाद वो शक्तियां आखिरी बार शक्तियों के हीरे में चली गईं। और जैसे ही वो शक्तियां शक्तियों के हीरे के अंदर घुसी तो बवंडर के अंदर कांपता हीरा अचानक से थम गया इस दौरान वो बहुत तेजी से चमकने लगा जिसकी वजह से ध्रुव के शरीर का हर हिस्सा भी जगमगाने लगा इस तरह की अजीब और ताकत चमक की वजह से ध्रुव महसूस कर पा रहा था की उसके शक्तियों के रास्ते उसकी हड्डिया और उसके बाकी सभी हिस्से भी धीरे धीरे आराम करने लगे वही अजीब सी चमक तकरीबन 10 सेकंड के लिए बरकरार रही जिसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगी फिर अगले ही पल वो चमक न के बराबर होते हुए पूरी तरह से गायब हो गई और उस चमक के गायब होते ही ध्रुव को उस रोशनी से ढका शक्तियों का हीरा भी दिखाई देने लगा वो हीरा इस वक्त धीरे धीरे कांप रहा था और उसमें से तेजी से शक्तियाँ बाहर निकलकर सीधे ध्रुव के शक्तियों के रास्ते पर जाने लगी वो शक्तियाँ हरे रंग के तूफान की तरह शक्तियों के रास्तों से गुजर ध्रुव के शरीर के हर हिस्से में जाने लगी जिससे ध्रुव को एक अलग सी तंदरुस्ती महसूस होने लगी इस दौरान ध्रुव उस हरे रंग के चमकते हीरे को देखे जा रहा था जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा था इसके अलावा ध्रुव ने यह भी महसूस किया कि उस हीरे में पहले के मुकाबले करीब दो गुणी शक्तियां भरी हुई थी इस बात के एहसास से ध्रुव ने एक चैन की सांस ली की कम ऐसी कम उसकी ये मुश्किल ट्रेनिंग रंग तो ले आई थी फिर जैसे ध्रुव के दिल की धड़कने आराम करने लगी तो ध्रुव ने महसूस किया की वो और देर तक ट्रेन नहीं कर पा रहा था इतनी देर ट्रेन करते रहने की वजह से उसके शरीर के अलावा उसकी आत्मा भी काफी थक गई थी इसलिए ध्रुव ने अपनी ट्रेनिंग वहीं रोकने का फैसला किया ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस कमरे को गौर से देखा जहां वो फिलहाल बैठा हुआ था आंखों में एक हरे रंग की चमक दिखाई दी जो अगली पल गायब भी हो गई फिर ध्रुव ने अपनी नजरे घुमाते हुए कमरे में मौजूद बाकी चारों की ओर देखा और जैसी चारों ने देखा की ध्रुव उनकी तरफ ही देखने लगा तो सभी ने अपनी नजरे हड़बड़ाते हुए उससे दूर कर ली इस वक्त ध्रुव ने महादक्ष रैंक का सातवां सितारा हासिल कर लिया था जिस वजह से वो बहुत ताकतवर लग रहा था इस हिसाब से वो चारों जो कुछ वक्त पहले ही महादक्ष बने थे आखिर कैसे ध्रुव को नाराज करने की हिम्मत कर सकते थे लेकिन ध्रुव ने तो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और फिर उसने गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए अपने अकड़े हुए शरीर को ठीक करना शुरू किया ऐसा करते ही ध्रुव ने सबसे पहले पास ही रखा हरे रंग का आग शक्ति कार्ड वापस लिया और वो ये देख हैरान रह गया की उसमें से आठ दिन की आग शक्ति काट ली गई थी यही सोचकर ध्रुव थोड़ा परेशान दिखने लगा और उसने तुरंत पलट कर वहां मौजूद बाकी से सवाल किया मैं कितने दिन से लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ध्रुव के सवाल पूछते ही चारों में से एक स्टूडेंट ने हड़बड़ा कर उसे जवाब दिया मगर उस लड़के के मुंह से ये बात सुनते ध्रुव हैरत में पड़ गया क्या मैं चार दिन से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था तभी मैं सोचू की आग शक्ति कहा गई लेकिन इस एहसास के बावजूद ध्रुव मनी मन बहुत खुश था और एक या दो महीने की ट्रेनिंग लग जाती यही सोचकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा यह दिल बहार दिव्य रोशनी तो सच में कमाल है ये ऐसी अनोखी चीजें कर सकती है जो शायद कोई न कर पाए मुझे तो यकीन ही नहीं होता से निकली छोटी इस तरह दिव्या ट्रेनिंग की रफ्तार कितनी खतरनाक हो जाएगी। इस तरह की तारीफ कर ध्रुव अपनी जगह से खड़ा हुआ उसके बाद वो सीधे उस ट्रेनिंग रूम से बाहर जाने लगा जाहिर सी बात है की चार दिन से लगातार ट्रेन करने की वजह से अब उसे थोड़ी देर आराम करने की सख्त जरूरत थी वैसे तो ध्रुव जानता था कि ज्यादा मेहनत लगाकर काम करना अच्छा ही होता था लेकिन अगर किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा कर लिया जाए तो जितना फायदा उससे होता था उससे कई ज्यादा उसे नुकसान हो जाता था इसी खयाल के साथ ध्रुव आगे बढ़ने लगा तो कैसा रहेगा अंदरूनी हिस्से में ध्रुव का आगे का सफर जानने के लिए सुनते रहिए देवानी नूनली आज रिवांश के साथ था